नव निर्वाचित सरपंच की दादागिरी का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने सरपंच के खिलाफ एक्शन लिया और मामला दर्ज कर लिया है सरपंच के खिलाफ एक महिला ने शिकायत की थी ये मामला कटनी का है बड़वारा थाना क्षेत्र के रोहनिया ग्राम के नव निर्वाचित सरपंच कोमल सिंह ने एक व्यापारी महिला सरस्वती चौधरी के साथ गाली गलौच करते हुए प्रधान होने का जमकर रोप दिखाया और व्यापारी को मार देने की धमकियां भी दी इस पूरे घटनाक्रम को अज्ञात व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो वायरल होते ही ग्रामीणों में दहशत का का माहौल बन गया है, क्योंकि सरपंच व्यवहार ठीक नहीं है लेकिन व्यापारी महिला ने बड़वारा थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की पुलिस ने पीड़ित महिला की फरियाद पर सरपंच कोवर सिंह के खिलाफ मामला पंजीवृत कर लिया है ग्राम की सरस्वती चौधरी है दुकान है तो ये ग्राम सरपंच कोमल सिंह से इनकी किसी बात पर से बातचीत हो गई थी जो इन्होंने बताया कि 9 आठ 22 को इसी बात पर से ग्राम सरपंच रुआनिया ने इनके साथ गाली गुफ्तार किया था और दुकान उकान खाली करने की बोल रहा था नहीं तो जान से मारने की धमकी देने के लिए कह रहा था जो ये वैसे गांव घर की बात के कारण जो है तत्काल इन्होंने कुछ सूचना नहीं दिया आग थाने पर आई थी और रिपोर्ट लिखाई है तो पोवन सिंह के खिलाफ जो है मामला पंजीबद्ध कर लिए हैं दो चौरा में पाँच से छः मामला पंजीबद्ध करके इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है